अब आपने ये सुना होगा कि यार निहतों को नहीं पहना चाहिए निहत्तों को जाने दो बकवास है सब कुछ बकवास है मैं सच्चाई बताता हूं बोटो पे अत्याचार मत करो बोटों को जाने दो तो तो भाई लो कैसे हो? तो यार वेलकम वेलकम दी द बाहर से, से आता हूँ मतलब एक टाइम के लिए यार मैंने छोड़ दिया था कि मैं बच भी पाऊंगा यहां से उम्मीद ही छोड़ दी थी लेकिन हाँ जुगाड़ भिड़ा लेते हैं खैर जो भी सीन होंगे थोड़ा आगे जाके होंगे फिलहाल यहाँ नोवो आए हैं और आगे बन दे और मेरे को एक भी गन ऐसी नहीं मिली जो दबा दब चले बिल्कुल एक ही बार दबाने पे इसमें बार बार दबाना पड़ता है खैर जो भी हो इससे पेटी तो बनानी पड़ेगी नहीं तो क्या ही किया जा सकता है तो आगे बढ़ता हूँ मैं यही लेके अब यहाँ पे मैं खोलता हूँ सकारेल और सकारेल पे लगा पड़ा है वो भी पूरे जुम में यार पता नहीं क्यों लेकिन जमीन में गोलियां रही थी खैर जो भी हो मेरा टीममेट नॉक पड़ा है अब संभालना पड़ेगा सीन नहीं तो उसके साथ साथ मेरी भी पेटी बन सकती है और उस नंगे बंदे की छलांगे देख के बिल्कुल हवा से फायरिंग देते हैं खैर मैं नीचे ही था तो पकड़ता हूँ पेटी बन जाती है एक की और एक बच चुका है हाँ वही नंगा वाला बंदा बचा है तो उसे पकड़ने के लिए फिर आगे बढ़ते हैं हम और हमारे वाले भाई रिवाइव होके दोबारा से मेरे बहुत ही बढ़िया बार बार थोड़ी यार हलवा थोड़ी चल रहा है यहाँ पे तो उसकी पेटी बनाई अब बस एक आखिरी बंदा बाकी है और ऐसा नहीं कि वो भगने जाएगा बिल्कुल नहीं वो भाई भी अपने पूरे जोश में रस करते हैं और आजकल हर एक बंदा ये पावर रेंजर बना फिर रहा है जिसे देखो नीले काले लाल पता नहीं कैसे कैसे कपड़े पहन के खेलते हैं सही यार मतलब आरपी का पूरा भरपूर फायदा उठाया जा रहा है, खैर जो भी हो ये सारे पावर रेंजर यहीं पे ठिल जाते हैं पेटी बन जाती है अब ये लोग पबजी बंद करके सही में पावर रेंजर देख सकेंगे और इसके बाद यार वो खाली टैप हो जाता है गिने चुने चार बंदे बुरा हाल है यार बहुत बुरा हाल है खासकर तब से जब से लूट कम हो रखी है खैर इसके बाद भगाते हुए जाएंगे गाड़ी और इधर उधर भटक के बंदे पे लेंगे लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं हमारे की। तो यार इस या फिर का नाम है इसके मदद से आप कई सारे गेम्स क्रिकेट फुटबॉल वॉलीबॉल बास्केटबॉल कद्दू बॉल बोल, बास्केट बोल, बोल और ई स्पोर्ट्स वगैरह पे बैट टूट सकते हो साथ ही साथ इसमें आपको सात तक का बोनस मिलेगा अगर आप मेरा प्रोमो कोड यूज करते हो चूंकि कमेंट सेक्शन में दिया गया होगा और इसमें इसमें जीते वे पैसे वे करना बहुत आसान है बिल्कुल की तरह क्योंकि पे, पे, पे कद्दू जाने क्या क्या है और इसमें कई सारे मिनी गेम्स भी होते हैं तो आप वो खेल के भी पैसे कमा सकते हो तो हाँ यार अगर आपको इस सब चीज का शौक है आप इस ऐप को ट्राई कर सकते हो इसकी लिंक कमेंट सेक्शन में होगी बिल्कुल टोप में अब आपने ये जरूर सुना होगा कि यार लालचपुरी वाला है लेकिन देखो बोट पे अत्याचार करना ना उससे चौदह गुना ज्यादा बुरा है देखो आप सीन अब देखो सामने वो एक बोट भाग रहा था और उसे पहनने के लिए ये लोग ओपन में भगते हैं अब आपने ये सुना होगा कि यार निहत्तों को नहीं पहना चाहिए निहत्तों को जाने दो बकवास है सब कुछ बकवास है मैं सच्चाई बताता हूं बोटों पे अत्याचार मत करो बोटों को जाने दो नहीं तो यही सीन होंगे यार जैसे इन दो बंदों के साथ हुए भक्ते हुए जा रहे थे बोट बेचारे बोट की पेटी बनाने रस्ते में पकड़ लिया अब इनकी पेटी बनेगी और और पे बस इतना होता है कि यार अत्याचार कोई और करता है पे और पेटी पूरे के पूरे टीम की बन जाती है अब देखो सीन क्या था बोट इधर पे नौक हुआ था तो मैं सोच रहा था यार मेरे को दिख जाए तो मैं पेटी बना दूंगा मतलब यार, तो बन नहीं हो यार लालस नहीं है मेरे पे मैं तो भला चाहता हूँ देखो मैंने नहीं पहला बॉट को ठीक है मैंने कोई अत्याचार नहीं किया मैं तो बस बॉट को भगाना चाह रहा था कि भाई इधर मत कहीं और चल दो लेकिन हमारे भाई पीछे से बंदूक निकालते हैं और दे दबा दब पे गोली चलाते हैं और यार एक ही गोली पे बॉट टिल जाता है मैं तो बस भगाना चाह रहा था यार मैं भला ही चाहता हूँ बोटों का खैर भला चाहू चाहे बुरा यार उसकी सजा मेरे को बराबर मिलने वाली है हाँ यहीं पर मिलेगी बहुत ही जल्द गलत सीन होने वाले हैं और जरा इस सांप को देखो कहां लेटा पड़ा है बंदा और सांप एक ऐसी प्रजाति है पबजी में जो हर जगह कहीं पे भी कहीं पे भी पाई जाएगी चाहे पीली हो घास चाहे हरी हो खैर जो भी सीरो इस सांप को मैं धैर्ड पर लूटता हूं और सोचता हूं ठीक है यार किल भी मिल गई गन भी मिल गई निकलते हैं यहां से और फिर यह होता है अब देखो अगर आपको याद होगा तो यार बॉट की पेटी मैंने नहीं मेरे टीमेट ने बनाई थी अब देखो मैं बराबर जिंदा हूं ज्यादा चोट भी नहीं आई है ये। लेकिन हमारे भाई नॉक पड़े थे पाप चढ़ रहा है बराबर पाप चढ़ रहा है और इधर पे हमारे बचने की उम्मीद बहुत ही कम होती है बिल्कुल ना के बराबर बंदों ने फ्लैंक मार दिए हैं बिल्कुल ओपन में खड़ा हूं और, और गोली पड़ती है मेरे को एक तो मेरे नेट सस्ते हैं उसके ऊपर से ये लोग मौका तक नहीं दे रहे फेंकने का यार कम से कम फेंक के तो देखो क्या पता कुछ हो ही जाए खैर मैं इधर उधर वहां से कट लेता हूँ क्योंकि देखो वहां पे नेट जोर से आएंगे लेकिन फिर समो कट जाता है तो वापस नहीं आना पड़ता है दोबारा और यहाँ पे हम लोग ऐसी और कहीं फ्लैंक मार रहा है यार इनका गोलियों का नहीं पता लेकिन फ्लैंक इन्होने दबा के फेला खैर जो भी सीन हो यहाँ पे मैं धैर्ड बच जाता हूँ और देख रहे हो मेरे टीम मेट दो बार नोक हो गया और मैं हर बार बचा रहा है यहाँ पे सही है यार अच्छा हुआ उस बोर्ड की मैंने पेटी नहीं बनाई वैसे पेटी बनाता तो 27 किलो थी खैर जो भी सीन हो यहाँ से हम निकलते हैं क्योंकि आगे फ्लैर वगैरह चल रखी है और दोबारा से उस घर पे जा रहे हैं जहां तुम्हारा भाई डेढ़ आईक्यू गेम प्ले करता है और यार इस बार भी वो डेढ़ आई गेम प्ले काम कर जाता है पता नहीं क्यों अब मेरा मन तो बहुत कर रहा था कि गाड़ी सीधा ठोक दू लेकिन बेटी भी बनती फिर और इधर आए हुए ठीक से दस सेकंड नहीं हुए हैं और गोला बारी चालू हो जाती है तो मैंने देखा यार मेरी पीपीए एक जलती बोतल में आग पड़ी है तो मैं सोचता हूं क्यों ना फेंक के देखा जाए और वो जलती बोतल इतने खतरनाक जगह पे जाती है कि यार क्या ही बताऊं? वो टिन का छज्जा पड़ा है वहाँ पे जल रही आग अरे कद्दू कुछ नहीं उखड़ेगा वहाँ आग लगाने से और इनके नेट देखो ये भी खतरनाक हैं भाई इतना ज़्यादा कुक करके फेंक रहे हैं कि यार हवा में ही फट जाए और एक बात अच्छी हो गई है लिए कि मेरे पे नेट नहीं पड़े कम से कम यार टाइम तो वेस्ट नहीं होगा घन से ही काम करेंगे और आज के बाद से मैं सोच रहा हूँ यार बॉट पेलना ही छोड़ दू देख रहे हो मेरा टीममेट बॉट पेलने के बाद तीन तीन बार नौक हो चुका है और मेरे को कद्दू कुछ नहीं हुआ है मैं बिल्कुल खड़ा हूं अभी तक लेकिन यार अपनी केढ़ी भी तो देखनी है तो बोटों को तो पेलना ही पड़ेगा खैर जो भी सीन हो यहाँ पे मैं जाता हूँ और सीधा वही करता हूँ जो मैं हजारों बार कर चुका हूँ और ये हजारों बार काम करती है पर हमारे इस भाई का प्री फायर से हजार गुना ज़्यादा क्या, क्यू, क्या हो गया मेरे को डेढ़ आईक्यू गेम प्ले फिर से काम करता है ऊपर चढ़ता हूँ और सीधा दो बंदों को लपेट लेता हूं उसके बाद यह बंदा पूरी जान लगा देता है लेकिन यार बस गोलियां ही बर्बाद हुई पेटी फिर भी बनी खैर जो भी हो उसके बाद सर्कल काफी छोटा हो चुका है और बंदे भी गिने चुने बाकी हैं। और यार मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता कि ये आपस में जाएं। तो जहां पे भी जाना होगा यार दबा के रस करना पड़ेगा नहीं तो घीमप्ले कैसे बनेगा और ये गाड़ी वाले, वाले बंदे अपनी पूरी चौड़ में घरों की तरफ बढ़ रहे हैं और घरों पे भी दबा के बंदे बैठे हैं इसका ही की मतलब है एक्शन होने वाला है और यहाँ पे एक और बार एक चमत्कार हो जाता है मतलब नियो और ये लोग ऑल पे कुछ तो कह रहे थे लेकिन यार जिस हिसाब से मैंने थर्ड पार्टी किए ना दो सुकौड़ के बीच मेरे को कहीं से भी नहीं लगता कि यार तारीफ हो रही होगी और पैंट पुंट भी कुछ सुना था मैंने तो यार गालियां पक्का पड़ी है मेरे को यहाँ पे खैर अपनी हरकत ही ऐसी है क्या ही कर सकते हैं और इसके बाद अब गिने चुने तीन बंदे बाकी हैं अब देखो अगर बहुत बुरा लगता है तो कहीं कही से भी पेटी बना सकते हैं लेकिन यार कुछ पाने के लिए कुछ लेना पड़ता है तो मैं इधर छत पे आ जाता हूँ और बस बंदे ढूंढ रहा हूँ और आखिरकार जाके एक बंदा दिखाई देता है पत्थर पहुपे है हमारे भाई तो मुझे लास्ट दिखा। तो लगा बंदा है। अब आगे मेरे ख्याल से दो दो बंदे बैठे पड़े हैं मैं गोलियां कद्दू कुछ नहीं दिखा होता। सही यार, बनाओ मेरा खैर जो भी सीनो मेरे को लगता ऐसा है पहले की उस पत्थर पे दो ही बंदे बैठे होंगे लेकिन मैं गलत होता हूँ असल में वहां पे तीन तीन बंदे बैठे पड़े हैं और यार जगह कम पड़ती है तो एक बंदा भगने लगता है और इस टाइम पे जब ये बंदा भी नोक होता है ना मैं समझ गया इन्होंने पूरा डेरा डाल रखा था एक पत्थर पे मतलब इतना बड़ा भी नहीं है आया पत्थर ठीक ही ठाक पत्थर है उस पर तीन तीन बंदे बैठे पड़े थे अब देखो एक तो दूर भग गया तो उसकी बेटी बनना तो लगभग तय हो चुका है लेकिन बस ये दो बंदे इधर पे जिंदा होते हैं और उसके ऊपर से भाई लोग ने समोक भी बना दिया अब ये लोग समोक करते हैं और मैं दबा दब तीन नेट फेंकता हूं जिससे कुछ भी नहीं होता अब मैं लगभग तीन नेट बर्बाद कर देता हूं लेकिन कोई दिक्कत नहीं है देखो मैं बहुत बड़ा बेसारम हूं तो मैं अपने टीममेट को बोलता हूं भैया जरा अपने नेट दिखाना इस बार पक्का पक्का फोड़ूंगा नेट से किसी को तो चार नेट और मिलने वाले हैं और उस बंदे की चौड़ बहुत अलग लेवल पे है भाई बंदे पे हेलमेट तक नहीं है बिल्कुल बुरा तो दिखाई दे रहा था। उसके बाद भी हमारे भाई पीक करे जा रहे यार देखो जोश हो तो इस लेवल का हो नहीं तो यार आलसी पड़े रहो खैर मेरे टीममेट को पता ही नहीं चल रहा होता कि यार छत पे कैसे चढ़ना है और आखिरकार जाके भाई दूसरे दरवाजे से आते हैं और वहां पे मेरे ख्याल से एक और ऐसा बंदा हो गया जिसके पास हेलमेट नहीं बचा होगा मेरे ख्याल से उड़ जाना चाहिए और यार मेरे को देखते ही देखते चार ने और मिलते हैं रहा और अब जो मैं बोलने वाला हूं आप उस बात का विश्वास नहीं करोगे मेरे को कद्दू कोई शर्म नहीं है बिल्कुल जीरो शर्म, हाँ इतना ढीटू मैं खैर जो भी सीन हो, अब देखो नेड भी खत्म हो चुके हैं मेरे ख्याल से पेटियों में भी नहीं बचे होंगे नेड तो यहीं से अब नो करके रस रूस करना पड़ेगा अब क्योंकि यार मैं नहीं चाहता ये लोग जून से टिल जाए बाद में तो बस इंतजार कर रहा हूं कि एक और बार कोई सर दिखाए अपना और कम से कम आठ दस नेट बर्बाद करने के बाद मैं बोलता हूं यार ऐसे काम नहीं चलेगा आप तो रसी करना पड़ेगा तो पत्थर के पीछे ही बैठे हैं और मैं भी रस कर देता हूं क्यों आखिर क्यों मैं नहीं समझ पा रहा हूं वो बंदा अभी तक तो गन चला रहा है भाई बहुत ही बढ़िया और वो वही बंदा था था जो हेलमेट दे रहा था। और इससे बस एक ही चीज सीखने को मिलती है गन आप पे कोई भी पड़ी हो जिंदगी में चौड़ होनी चाहिए यार जज्बा होना चाहिए अब जज्बा उस बंदे में बहुत था लेकिन बन तो तो क्या ही ही कर सकते हैं तो भाई लोग यार आज के के वीडियो वीडियो में इतना बहुत-बहुत शुक्रिया देखने लिए जाते-जाते जो ये आखिर मैं चार पांच गलती से पहले। यार इसके लिए और वहां पे जो बड़ी मुश्किल से बचे उसके लिए यार लाइक धोखा मत मतबूत बिल्कुल ठोका पेटी करके नीला टैप कर दो और अगर आप यहाँ पे नए हो तो यार करो सब्सक्राइब और भी ऐसे गलत सीन वाले गेम प्ले और सस्ती कमेंट्री के लिए और यार जाते जाते एक, एक, एक करना मत भूलना उसकी लिंक कमेंट सेक्शन में होगी बिल्कुल टॉप में तो कल मिलते हैं यार भाँ भाँ।